हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विथ रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राखी के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी जी हाँ जिसका नाम है बेसन चक्की बेसन चक्की हर फेस्टिवल ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है इस राखी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बेसन की चक्की बनाना बताऊंगी। बेसन की चक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है कढ़ाई के अंदर हम लगभग आधी कटोरी के करीब घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बारीक किया हुआ खेर का गूंद ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चक्की में ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन अगर आप इसे डालते हैं तो आपकी चक्की बहुत ही टेस्टी लगेगी हमें घी को अच्छे से गर्म करना है उसके बाद हमें इसे गोंद को फ्राई करना है गोंद को फ्राई करने से पहले आप लगभग एक घंटे के लिए इसे तेज़ धूप में रख दें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर से इस तरह से चिपका चिपका ना लगे स्टिकी सा ये देखिए हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा लग रहा है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट को साइड में रख देंगे और ये घी बिल्कुल वेस्ट नहीं है इसी घी को हम छान चक्के में यूज़ करेंगे चक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये बेसन ये लगभग ढाई सौ ग्राम हमने बेसन लिया है बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं बारीक वाला या मोटा वाला जो भी आपकी इच्छा हो अगर आप बारीक वाला बेसन लेते हैं तो आप इसमें दो चम्मच के करीब सूजी भी एड कर सकते हैं अगर आप मोटा वाला बेसन लेते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर चार से पाँच मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है इसमें अलग सी खुशबू आने लगेगी और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये घी जिस बर्तन के नाप से आप बेसन लेते हैं उस बर्तन का बराबर आधा हमें घी लेना है और मैं सारा घी एक साथ नहीं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है आधे समय भी साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दो से तीन चम्मच ये बारीक कोपरे का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं जैसे हम ये सूखा नारियल का बुरादा है आप चाहे तो यहाँ पे ताज़ा नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सूखे नारियल के बुरादे का यूज़ किया है बेसन जब तक अच्छे से ड्राई रोस्ट ना हो जाए जब तक अच्छे से खुशबू ना आने लगे तब तक आप इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड ना करें और घी डालने के बाद भी आपको बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर पाँच से मिनट तक पकाना है जब तक कि उसके अंदर से अच्छे से खुशबू आने लगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध मैंने यहाँ पर लगभग ढाई ग्राम दूध लिया है यह नॉर्मल दूध है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही गर्म है रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ दूध है जैसे आप इसके अंदर दूध डालेंगे दूध डालते से ही हमारा बेसन जो है हार्ड होने लगेगा ये बिल्कुल लिक्विड नहीं रहेगा धीरे धीरे धीरे धीरे ये हार्ड होने लगेगा और आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है दूध डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई किया हुआ गोंद और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये शुगर जितना हमने बेसन लिया था हमें उतनी ही चीनी डालनी है आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं हमने 250 ग्राम बेसन लिया था आप ढाई से 300 ग्राम चीनी डाल सकते हैं साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है दो से तीन इलायची का पाउडर आप चाहे तो यहाँ पर चीनी को पीसकर भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर चीनी को नहीं पीसा है अगर आप पीस लेते हैं तो और भी अच्छी बात है आप हो सके तो चीनी को पीस ही डालना उससे यह बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी अब हमें चीनी को अच्छे से मिक्स करना है मैंने यहाँ पर चीनी को नहीं पीसा इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है घर ही डालें ये देखिए अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा डो जो है वो भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है ये लिक्विड नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसके अंदर दूध ऐड किया है लास्ट में हमारा डो पेन छोड़ने लगेगा इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है चिक्के के लिए अब हम गैस बंद कर देंगे अब हम एक प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हमने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है हमारा डो बिल्कुल रेडी है ये देखिए मैंने प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है अब हम इस डो को इस प्लेट के अंदर डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से फ्लेट कर लेंगे अच्छे से सेट कर लेंगे आपको जिस बर्तन में इसे जमाना है उसे पहले अच्छे से ग्रीस कर लें उसके बाद अब इस डो को प्लेट के अंदर डालें बर्तन के अंदर डालें अब हम इसे एक जैसा अच्छे से फ्लेट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बादाम ली है आप चाहे तो यहाँ पर पिस्ता और काजू भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ़ बादाम की कटिंग ली है आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स और गोंद के भी चक्की बना सकते हैं ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है अब हम चक्की को लगभग घंटे भर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ये देखिए घंटा पर हो चुका है हमारी चक्की अच्छे से सेट हो चुकी है अब हम इसको नाइफ की हेल्प से काट लेंगे शेप आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे जो चाहें वो दे सकते हैं आप चाहें तो इसे शक्कर पारे के शेप में भी काट सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप दूंगी छोटे बड़े जो चाहें वैसे आप शेप दे सकते हैं इसे हमारी चक्की बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अब आप मैं आपको एक चक्की निकाल कर बताती हूँ कि ये कितने अच्छे से सेट हुई और कितनी अच्छी बनी है वो कितनी स्मूथ है ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये देखिए हमारी चक्की कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है मैं आपको एक चक्की तोड़कर भी बताऊंगी। इस रक्षाबंधन आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर जरूर से ट्राई कीजिएगा आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी अब मैं आपको एक चक्की तोड़कर बता रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए हमारी सारी चक्की बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू